कर मुझ सुन आया है तुझे मुझे सुन लाया तुझ पे मर ही तो तुझ पर मर जीना आया है मुझे जीना कोई दिल बेकाबू काबू कर गया श का दिल में भर गया ये दुनिया भर के सविरा कितना चाहता छता ये तू कभी सोच ना सके need